दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप अब WhatsApp के माध्यम से किस प्रकार से UPI पेमेंट आप कर सकते हैं किसी को भी चाहे तो आप अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी जैसे आप Google Pay, पे, पेटीएम या अदर कोई अपलिकेशन है फ़ोनपे जैसे उस उसी तरीके आप अब WhatsApp को भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम इसका पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को क्लिक करना है व्हाट्सएप को क्लिक करने के बाद आप ये जो सबसे ऊपर देख रहे हैं तीन डॉट ये तीन डॉट पे आपको क्लिक करना है जब तीन डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पेमेंट ये पेमेंट का ऑप्शन से किसी किसी के व्हाट्सएप में ये पेमेंट का ऑप्शन नहीं भी शो हो रहा तो इसका शो होने का भी तरीका हम आपको बताएँगे कि जिनके सेट में नहीं सो हो रहा था तो उसको किस प्रकार से आप शो करा सकते हैं तो चलिए ये पेमेंट इस पर पे हम टच करते हैं जैसे ही हम टच करेंगे तो आप ये देख सकते हैं सेंड पेमेंट स्कैन पेमेंट क्यू कोड तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है तो इसके लिए आप ये सबसे नीचे देखिए ऐड पेमेंट मेथड। इस ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद कंटिन्यू इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू इस यहाँ पे आपको एक बार और परमीसन देना है परमीशन देने के बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट चुनना है और उस बैंक अकाउंट में जो भी नंबर आपका लगा हुआ है मोबाइल नंबर उस मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सअप भी बना होना चाहिए तभी ये बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेगा तो चलिए इसके लिए हम अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देते हैं बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आप ये देख सकते हैं वेरीफाई बैंक को ऐड करने के बाद आप ये देख सकते हैं वेरीफाई यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ये वेरीफ़ाई करेगा आपका फ़ोन नंबर सेंडिंग एसएमएस एम टू योर बैंक ये एक एसएमएस भेजेगा आपके बैंक में और जैसे ही ये मैसेज भेजेगा तो ये आपका बैंक यहाँ पर शो हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये मैसेज बैंक के माध्यम से आ चुका है और जो भी आपका बैंक अकाउंट में नाम होगा वो आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा और नाम सो हो जाएगा तो उसके बाद अगर आपका यही है तो आपको इसको ऐड कर देना है जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं सेंड पेमेंट और बैंक की तरफ से एक मैसेज भी आ जाएगा आपको इसमें आप किसी को अगर पेमेंट भेजना चाहें तो पेमेंट भेज सकते हैं और डन चाहे तो डन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ये आपका बैंक अकाउंट नंबर ऐड हो चुका है और भी अगर आप चाहें तो अदर और भी बैंक इसमें एक से अधिक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम एक ही बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करेंगे और आपको अब ये प्रोसेस बताते हैं कि ये व्हाट्सएप में कुछ खास लोगों को ही ये पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है तो दोस्तों हम अब आपको ये बताते हैं कि ये पेमेंट का ऑप्शंस किस प्रकार से, से ले सकते हैं तो इसके लिए आपको कि किसी भी अपने फ्रेंड को यहाँ पे ओपन करना है ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शंस है इस पेमेंट के ऑप्शंस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड इनवाइट आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप ये इन्वाइट पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आपका आपके फ्रेंड के पास जाएगा जिसकी उसमें व्हाट्सअप पेमेंट ऑप्शन ना हो तो जैसे ही वो जाएगा तो जब वो इसको क्लिक करेगा तो उसको उसमें ये पेमेंट का ऑप्शन सो होने लगेगा तो वो अपना बैंक अकाउंट ये नंबर वगैरह बना करके वो आपको भी पेमेंट कर सकता है चाहे तो किसी और को भी व्हाट्सएप क्योंकि आजकल 90 परसेंट लोग व्हाट्सअप ही का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंड पेमेंट का जो ऑप्शन दिया है तो आप जब किसी को भी पेमेंट भेजेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी आपका फ़्रेंड व्हाट्सअप पे ऐड है तो ये यह यहाँ पर आप उसको पेमेंट का भेजने के लिए आप पेमेंट भेजने के लिए आप किसी को भी इस प्रकार से टच कर सकते हैं अगर उसको उसमें है तो आप ये इन्वाइट सेंड कर दीजिए तो उसको उसमें भी शो हो जाएगा पेमेंट वो तो अगर नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट भी पेमेंट भेज सकते हैं इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सेंड टू यू पी यहाँ पर जैसे ही आप ये सेंड का ऑप्शन को टच करेंगे तो इन एंटर यू पी आई आई यहाँ पर आपको अपना यू पी डालना है डालने के बाद यहाँ पे वेरीफ़ाई करना है वेरीफाई करने के बाद जो भी पेमेंट आप भेजना चाहेंगे भेज सकते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों में और अपने परिवार में जिसको भी ये एक वीडियो आप इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद